सो ज वेलकम बैक टू माय चैनल तो फाइनल का दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा फोर्ड इवेंट्स के बारे में जिसको आप सुनकर पूरा दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा और आप पूरा झूम उठोगे तो फाइनलगेज में वो कौन सा इवेंट होने वाला है कौन सा क्या होने वाला है अगर आप भी जाना चाहते हो कौन सा इवेंट होने वाला है कौन सा क्या होने वाला है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना मिस नहीं करना तो फाइनलगेज दोस्तों में आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा इवेंट होने वाला है कौन सा क्या होने वाला तो फाइनलगेज अगर आप भी जानना चाहते हो तो चैनल को दो सब्सक्राइब और बेलाइकन कॉल पर सेट कर दो ताकि आपको इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे तो फाइनल आपको जैसे ही इधर आ जाओगे तो फाइनल शुरू वीडियो एंड तक शुरू करते हैं मैजिक कप्शन के ऊपर स्क्रीन पे मेरा देख पा रहे हो जो मेरा जो टू फिफ्टी डिग्री ऑफ रिबोर्ट के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ क्या एनिमेशन किया है तो फाइनली फाइनलगैज मेरा जो है अंदर का एनीमेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो फाइनली फाइनल मेरा जो कुछ ऐसा इंटरफेस स्कूल के आएगा फाइनली तो, फाइनलगज़ आप मिक्सचोर की मिक्सोर अंदर से आप देख पा रहे हो जो फाइनली फाइनलगेज मेरा जो एंड्रो बीस रूपये बीस डायमेंड का और फाइव ड्रो जो जो एक सौ डायमेंड का तो फाइनलगज मेरा जो काफ़ी ओ लगा जो मेरे कोई मार्क्स तो फाइनलगेज मेरा जो आ चुका है तो फाइनल मेरा जो है सब के काफ़ी ओ पी लोग तो, मेरा एंडिया सरपोर्ट में जो आएगा तो काफ़ी चेंज होकर आएगा तो फाइनलगैज़ मैं आपको बता चुका हूँ तो फाइनलगैज अभी बढ़ते हैं सेकंड नंबर मेरा जो इवेंट की तरफ तो फाइनली फाइनगज़ वो सेकंड नंबर इवेंट कौन सा होने वाला है कौन सा क्या होने वाला है तो मैं आपको भी बताने वाला हूं तो वीडियो में अंत तक रहना तो बने रहना तो फाइनली में वो मेरा आप खुद सेकेंड इवेंट बताने वाला हूं तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो फाइनेगज मेरा जो अभी है वो स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ तो फाइनिगज़ अभी मेरा सेकंड इवेंट मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा है एंजलिक टोकन टावर तो फाइनिकगज़ मैं इसमें भी क्लिक करता हूँ तो फाइगज मैं आपको इसमें क्लिक करके दिखाता हूँ उसमें जो मेरा कैसा क्या होने वाला है कैसा किस में तो फाइनिगज मेरा जो ऐसा टोकन टावर होने वाला है तो फाइनेगज़ मैं आपको बता दिया हूँ तो आपको इसका वेट करना जो इंडिया सर्वर के लिए कंफर्म कंफर्म हो चुका है तो फाइनली हंड्रेड परसेंट कन्फर्म हो चुका है जो आपको ये इमोट मिलने वाला है जो ऐसा ऐसा करता है तो फाइनली गैस आपको अभी इमोट मिलने वाला है और उसके बाद ये आपको बंडल मिलने वाला है तो आपको वेट करना है तो फाइनली गैस आपको मैं सेकंड नंबर वाला भी इवेंट बता चुका हूँ तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो सब कुछ हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना बेल अकाउंट पर सेट कर देना तो चलते हैं थर्ड नंबर फाइनल गैस मेरा जो थर्ड नंबर इवेंट वो कौन सा क्या होने वाला है तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो फाइनल गैस अभी मैं थर्ड नंबर इस मैं चल जाता हूँ फाइनलगेज में अभी जो मेरा है वो थर्ड नंबर इसमें इस आ गया हूँ तो फाइनली फाइनलगैज़ अभी तरह देख पा रहे हो जो मेरा फेडिड्यूल विंटर लेन सेलेक्टर तो फाइनल जो मेरा जो है 22 दिसंबर से लेकर अट्ठाईस दिसंबर तक तो फाइनलगज मेरा जो इसमें जो आने वाला है तो मेरा अट्ठाईस दिसंबर को समझ लो आने वाला है तो फाइनलगज आपको ये क्या आप देख, आपको देख आप बैनर में क्या दिख रहा है आपको देख के समझ जाना है तो फाइनली फाइनल जो आप जैसे ही प्लेन से जंप करोगे तो आपको ये कुछ इधर आपको दिख रहा है जैसे आप जंप करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा तो फाइनलगज में आपके अंदर दिखा देता हूँ एक कौन इंटरफेस है कैसा क्या है तो फाइनल कैज़ आप इधर देख पा रहे हो जो मेरा फेड्यूल में आ चुका है तो फाइनल कैज आप जो इधर मेक्चर सारे के सारे बंदे देख पा रहे हो फाइन कैज आप इधर जो है मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ तो फाइनल गज आप जो इधर इसकी में देख पा रहे हो जो मेरा ऐसा कुछ इवेंट आने वाला है तो फाइनल अभी इधर देख पाड़ो जो उधर मेरा जो है जो वो सरवोर्ट का स्क्रीन जैसे आप प्लेन से जंप करते हो जिसमें आप बैठ के पूरा उतर जाओगे तो फानीगंज जो मेरा है ये कंफर्म हो चुका है इंडिया सरवर्ट के लिए जो मेरा फिटी ढूल्ला में आने वाले ये है तो फानीगंज मैं आपको बता दिया हूँ तो आपको मैं चलते हैं अभी फोर्थ वाले इवेंट की तरफ तो फानीगंज फोर्थ इवेंट बने वाला हो वो कौन सा इवेंट होने वाला है कौन सा क्या होने वाला है तो बढ़ते हैं फोर्थ वाले इवेंट की तरफ तो फानेगज में अभी जैसे कि भी मैं अभी आ चुका हूँ अभी अभी इधर स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो फाइनली फाइनलगेज मेरा जो है फोर्थ नंबर इवेंट वो कौन सा होने वाला है वाला। तो फाइनलगेज मेरा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो जो मेरा फोर्थ इमेल वो आने वाला अप टू 400 डिग्री बोनस डायमंड तो फाइनली फाइनलगेज आप जी मेरा जो है टैन आने वाला है मेरे को बैनर मिल चुका है तो फाइनल मेरा सारे के बंदे पच्चीस तारीख को जो आने का कन्फर्म हो चुका है तो फाइनलगेज़ अगर जो भी बंदे चैनल में नहीं हो चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को दो सब्सक्राइब और बेले कैनल पर सेट कर दो ताकि आपको इसी तरह से रिलेटिव वीडियो आपको मिलता रहे तो फाइनलगेज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टाटा बाय बाय